हेलो फ्रेंड द गल्फ़ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकिल के बारे में है टाइप ऑफ साइकिल। पहले मैं आपको टाइप ऑफ साइकिल के बारे में मैं समझाऊंगा। उसके बाद जो सेकंड कि किस तरीके से साइकिल के अंदर इंसीडेंट होने का चांस है होता है उसके बाद मैं आपको शाइक के बारे में कुछ ट्रेनिंग टिप्स भी दूँगा कि जिसमें हम मल्टीपल सिलिंग किस तरीके से हम यूज़ करेंगे तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें तो हम इस वीडियो को सबसे पहले टू टाइप्स शैकल के बारे में हम लोग यूज़ करेंगे सबसे पहला जैसा आप देखे होंगे स्क्रीन पर आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं एंकर शैकल जैसा आप इस तरफ देख रहे हैं एंकर शैकल जो रेड कलर का पिन देख रहे हैं उसके अंदर सेफ्टी पिन होता है कुछ इस तरीके से इसका शैकल होता है उसके बाद आप ऑरेंज वाला आप देख रहे हैं इस साइड में जो साइकल है तो ये साइकल में दो टाइप के साइकल होते हैं इसके अंदर एक टाइप और होता है जो पिन के साथ जैसा आप सेफ्टी पिन जैसा फर्स्ट वाला देख रहे हैं उसके अंदर बोल्ट के साथ पिन भी होता है तो कुछ इस तरीके से दो टाइप बोशाइकल के हैं और एक टाइप और मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया इसी सेम इसी तरीके से डी शाइकल में होगा उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ तो नेक्स्ट जो है हमारा सबसे पहले आप देख रहे हैं बोशाइकल ये भी एक बोशाइकल है इसमें स्क्रू इस पिन आता है जैसे आप देख रहे हैं डायरेक्टली ये साइड पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने भी देखा होगा और यूज़ भी किया होगा इस इस तरीके का बोशाइकल को उसके बाद जो सेकंड है राउंड पिन टाइप इसमें जो सेकेंड वाला आप जैसा देख रहे हैं राउंड पिन टाइप ये भी इस तरीके से शाइक होता है जो ओनली पर्पस यूज जहाँ पर उसको उन चीज़ों को यूज़ किया जाता है उसके बाद जो थर्ड जो देख रहे हैं आप बोल्ट टाइप एंकर शैकल जिसमें बोल्ट भी है एंकर भी है और इस टाइप का शैकल है जिसके अंदर बोल्ट के साथ पिन लगा हुआ है जो मैंने इससे पहले आपको डिस्कस किया उसके बाद आप ये देख सकते हैं किस तरीके से बोल्ट का जो लास्ट वाला जो हिस्सा है किस तरीके से पोजिशन आपको नजर आएगा तो आप इस तरीके से शाइकल देख सकते हैं ये सारे बो शकल है जो जोने जो मैं अभी बताया आपको तो अभी आप जान रहे कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट शाइक जानना है और उसके बारे में मुझे समझना है तो जैसा आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पांच शाइक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पांच शाइक एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज़ होता है सबसे पहले सेंथेटिक सिलिंग शाइक ये देख रहे हैं रेड कलर का सेंथेटिक सीलिंग में यूज़ किया जाता है ये अच्छा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका होता है उसके बाद वाइट बॉडी वाइट बॉडी साइकल आप देखे होंगे कि जो भी सीलिंग्स हम लोग लगाते हैं कितना इफेक्टिव होता है जब उसका डाया इतना कम होगा साइकल के अंदर तो कितना इफेक्टिव होता है तो इसके लिए वाइड बॉडी साइकल का यूज़ किया जाता है ये साइकल सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और ये साइकल आपको बड़े शाइक के अंदर मिलेंगे जैसे आपको हंड्रेड टन या डेढ़ टन या तीन टन उठाना है वहाँ पर इस तरीके का शाइक आपको मिलेगा ज्यादातर यही साइकल मिलेगा दूसरा लॉन्ग रीच साइकल। लॉन्ग रिच साइकल आप देख देखे होंगे कि कोई नॉर्मली जॉब में इन चीजों का यूज किया जाता है और उसके बाद स्टेनलेस स्टील जैसे कहीं कहीं जरूरत होता है कोई कोई फैक्ट्री में स्टेनलेस स्टील का साइकल तो उन उन जगह पर इन चीजों का यूज किया जाता है उसके बाद शीट प्लेट शीट पायल शाइकल ये भी इन चीजों का भी यूज किया जाता है जिसे कुछ टाइप का कुछ ऐसा शीट होता है जहाँ मैन्युफैक्चर या वर्कशॉप में ज़रूरत होती है उन जगह पर इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है सेम इसी तरीके से डी साइकिल के अंदर भी है तो आप डी साइकिल को भी सेम इसी तरीके से देखेंगे लेकिन डी साइकल और बोसाइकिल में क्या फ़र्क है आप हर वक्त क्वेश्चन पूछेंगे कि आज हमने डी साइकिल और बोसाइकिल के बारे में तो सुना लेकिन डी साइकल और बोसाइकल में फ़र्क क्या है वो शाइकल आपको एक फोटी एंगल देता है जो आप मल्टीपल सिलिंग में यूज़ कर सकते हैं लेकिन एक से ज़्यादा सिलिंग में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको वीडियो लास्ट में दिखाऊंगा और डी शाइकल जो है वो आप वाटिकली उठा सकते हैं उसमें एंगल आपको नहीं उठाना है क्योंकि उससे इफेक्ट बॉडी में आ सकता है इसके लिए उसको डी शाइकल बनाया गया इसको ऑनली जो लिफ्टिंग कर सकते हैं आप वाटिकली कर सकते हैं लेकिन काफी जगह पर देखा गया है मटेरियल नहीं होने के कारण इन चीज़ों को डिशाइकल को एंगल के अंदर भी यूज किया जाता है बहुत इफेक्टिव होता है जैसा मैं आपको स्क्रीन पर देखा रहा हूं किस तरीके से इफेक्टिव होता है बॉडी में इफेक्ट किस तरीके से होता है कितने जगह पर बोल्ट टूट जाते हैं तो आप इस तरीके से गलती ना करें तो हम इस वीडियो को अभी देखते हैं जैसा आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं शाइकल में किस तरीके से नट बोल्ट जो बोल्ट लगा हुआ है किस तरीके से वाइब्रेट होने के कारण निकल चुका है आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें अगर आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप इस तरीके से गलती नहीं करेंगे लेकिन आई होप आप इस तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद गलती नहीं करेंगे क्योंकि इसी के लिए आपको वीडियो दिखाया जाता है इस वीडियो के अंदर आप जो देख रहे हैं किस तरीके से वाइब्रेट के ज़रिए इस थ्रेड के अंदर बोल्ट निकलते हुए निकलते हुए जा रहा है और निकलते निकलते कुछ इस तरीके से निकल गया जो इंसिडेंट होने का कारण बन सकता है तो आप इस इनसे सावधान रहें आप इन सरी, इन इन सब वीडियो को देखने के बाद आप इस तरीके से गलती ना करें तो आप फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा और आप ये नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे कि इस वीडियो में भी आप देख रहे कि किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है साइकिल के जरिए बो साइकिल उसमें मल्टीपल सिलिंग्स लगाकर लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है क्योंकि उसके अंदर 45 एंगल तक जा सकता है 60 उसके अंदर भी जा सकता है तो कुछ इस तरीके से आपका जा सकता है बो साइकिल के अंदर तो इसके लिए हमें कभी भी बोशाइकल यूज़ करना चाहिए आई होप आप इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें